ये गाड़ी भाई नहीं चलाएगा पूर भर सुन सके से कहो नसके मकान की गाड़ी होती मकान विद्या है आज न भी चूंगो सा अगर हम हो न सके तेरी अपने छूट जाने को बोले उसके की शूटिंग में जा रहे है रामगढ़ पुराने वाले सोले की शूटिंग में आज ठाकुर लकड़ा होती लगड़ा होती इधर ना, ना ना ना, ना होती।